नमस्कार दोस्तों आज हमारा पहला पार्ट है ब्लॉक का तो हम पीलीवंगा की ओर निकल चुके हैं तो ये हमारी सड़क है और हम पीलीवंगा जा रहे हैं और हमारे आसपास के क्षेत्र खेत में से भरे हुए हैं क्योंकि लोगों के खेत हैं आसपास और हम मेन सड़क है ये हनुमानगढ़ की पूरी मेन सड़क है ये और हमारे यहाँ पे ईटों का भी भट्टे हैं बहुत सारे और ये हमारा गांव चौंती अस्टी आ चुका है जो मेन अड्डा है चौंती अस्टी का और ये देख लीजिए चौतीस का मेन अड्डा और ये हमारा पुल है बड़ा नहर है पूरी बड़ी और हम पीली की ओर जा रहे हैं पीली शॉपिंग करने के लिए मॉल के अंदर और हमारे आसपास क्षेत्र में छोटे छोटे गांव हैं और ये सब यहाँ पे मतलब है आज हम पीली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आज हमारा फर्स्ट ब्लॉग है तो सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें जरूर और हमारा इंस्टाग्राम टॉप करेक्टर्स के नाम से चैनल है ये अम, अम, अमरपुर आने वाला है अभी बस ये बीच में ही है अभी तक हम अमरपुरा आने वाला है वो सामने थम दिख रहा है आपको ये देखो ये यहाँ पे ईटों का भट्ठा है और हम मेन सड़क की ओर निकल चुके हैं मेन सड़क का ये हमारी हाईवे वे यहाँ पे फुल साजन चलते हैं मतलब कि फुल कारें बसें फुल चलती हैं यहाँ पे ये हम अमरपुरा पहुंच गए हैं ये अमरपुर के छोटे छोटे ढाड़िया है छोटी छोटी और यहाँ से हम अलग रास्ता निकलता है यहाँ से ये भट्टा है इस यहाँ से एक अलग रास्ता निकलता है और ये भट्ठा है पूरा और ये अहमदपुरा आ चुका है ये मेन फाटक आएगा यहाँ पे अभी ये देखो बट्टा है ये वाला ये अमरपुरा ही है हम पीली के और जा रहे हैं हम और वहाँ पे आज शॉपिंग करने के लिए ये यहाँ पे गन्ने का जूस की रेडी लगाई जाती है और यहाँ बहुत इकट्ठे होते हैं लोग इनके ये हमारा मेन वाला फाटक आ गया जो पीली गंगा और पैंतीस के बीच में है यहाँ एक स्टेशन है यहाँ बहुत सामने और गाड़ी रुकती है अमरपुरा एम, और इधर रेडी लगती है ये हमारा ढाबा आ गया पहला अहमदपुरे वाला अमरपुर वाला, वाला, वाला सॉरी और हम पीली गंगा की ओर निकल चुके हैं और हम आगे की आगे, आगे आपको दिखाते रहेंगे जो भी हमारे सामने आता रहेगा और हमारा फर्स्ट ब्लॉग है तो सो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताना कैसे लगा आपका हमारा हमारा पहला ब्लॉग और हम थोड़ी इस क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे और भी कैमरा हमारे पास कैमरे से शूट करेंगे बट क्या है कि हम पहल, पहला ब्लॉग है तो मोबाइल से शूट किया है तो मोबाइल से शूट ऐसे ही होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और भी दिखाएंगे राजस्थान की ये ढाणियाँ हैं एक बार तो पीली बंगा पीली बंगा अभी पड़ा है पाँच छः किलोमीटर दूरी पर ये डाबा आ गया हमारा दूसरा क्या नाम है यहाँ पे ट्रक आदि बहुत सारे रुकते हैं साधन है यहाँ पे और अधिक जाना पछाना है ये यहाँ पे हो रहा है एक हमारे क्या है कि पीली में भट्ठे तीन चार आ जाते हैं थैंक यू बाय टाटा